क्या आपको पता है कि सहारा जैसे गर्म रेगिस्तान में भी बर्फ़बारी हो चुकी है और क्या आपको ये पता है कि स्पेस से हिमालय कैसा दिखता है और तो और इस वक्त जो रूबीज क्यूब आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो उसकी कीमत कितनी है तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे अनबिलीवेबल फैक्ट्स बताऊंगा जिसे देखने के बाद आप अमेज्ड हो जाओगे और इस वीडियो के एंड में आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फोटोग्राफी देखने को मिलेगी तो बने रहें वीडियो के एंड तो लेट स्टार्ट विद फैक्ट नंबर फाइव इस वक्त जो आप इमेज देख रहे हो वो कोई फोटोशॉप नहीं बल्कि वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लीव विक्टोरिया वाटर लिली है जो कि एक इंसान को होल्ड करने की कैपेबलिटी रखती है है। तो है ना अमेजिंग फैक्ट नंबर फोर सिंगापुर की सरकार ने फिटनेस को लेकर एक अच्छा कदम उठाया है जो व्यक्ति खुद को फिट रखेगा उसे सरकार द्वारा एप्पल वॉच फ्री दिया जाएगा तो है ना इंटरेस्टिंग क्या ऐसा भारत में भी होना चाहिए कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना फैक्ट नंबर थ्री क्या आपने ह्यूमन लाइब्रेरी के बारे में सुना है विल तो मैं आपको बता दूं कि यूरोप में एक यूनिक लाइब्रेरी है जहां आप पुस्तकों की बजाय इंसानों से कहानियां सुन सकते हैं या आप उन्हें कहानियां सुना सकते हैं वहीं आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं तो इस तरह का लाइब्रेरी क्या भारत में भी होना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें बजाय सोशल मीडिया के तो है न एक अच्छा कदम फैक्ट नंबर टू क्या आपने कभी सोचा कि रेगिस्तान में बर्फबारी हो सकती है नहीं सोचा होगा लेकिन बात है 18 फरवरी साल 1979 की सहारा रेगिस्तान जो कि वर्ल्ड का सबसे गर्म रेगिस्तान है वहां करीब 30 मिनट तक लगातार बर्फ़ गिरा था जो कि हमारे इतिहास की सबसे अनोखी घटनाओं में से एक है नीले पीले दिखने वाले इस क्यूब से आपने बचपन में कभी ना कभी खेला ही होगा और काफ़ी लोगों ने इसे सॉल्व भी किया होगा वेल well, इस वक्त जो आप अपने स्क्रीन पर इमेज देख रहे हो यह कोई नॉर्मल रूबिस क्यूब नहीं है इसका टोटल कीमत है 2.5 तो मिलियन यूएस डॉलर्स जी हाँ ठीक सुना आपने फिर से सुन लीजिए टू तो मिलियन यू डॉलर्स जो कि भारतीय रुपए में होते हैं अठारह करोड़ बावन लाख भारतीय रुपये तो इतने पैसे देकर क्या आप क्यूब को खरीदना चाहोगे वेल मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई खरीदेगा और फैक्ट ये है कि इसे बनाने में छोटे छोटे हीरे का इस्तेमाल किया गया है इसलिए ये क्यूब उतना महंगा है जैसे कि मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि इस वीडियो के एंड में आपको एक गजब का पिक्चर देखने को मिलेगा तो ये है वो पिक्चर ये पिक्चर कोई नॉर्मल पिक्चर नहीं है बल्कि अंतरिक्ष लिया वो पिक्चर है जिसमें आप हिमालय पहाड़ को पूरा देख सकते हो ये हिमालय पहाड़ वर्ल्ड का सबसे हाइस्ट माउंटेन पीक है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो, वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहे सी यू टेक केयर बाय बाय